वाले हो जाओगे अच्छा शैतान भी डालता है नहीं अल्ला अल्ला कर उसका दिल टूट गया कहता वाकई मैं तो रोज अल्लाह को याद करता हूँ उधर से कोई जवाब ही नहीं आता तो सोया रात को खाब में हजरत हुई ने मुझे हुक्म दिया है कि तक ये यही तो हमारा जवाब है।, है तो जो जिक्र करने का मौका दुआ करने का मौका तिलावत करने का जो मौका मिला है ना किसने दिया वाला वाला कुछ नहीं कर सकता